है। ये कैसी है किसी हरा की मुझे को खबर ही नहीं है दोनों कहा मैं अपने दिल का भी नहीं है उधर भी नहीं है फिर किसी दर्द ने